हरे कृष्णा तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवदगीता क्लास में और आज हम सुनेंगे कि भगवान तीन प्रश्नों के उत्तर आज के श्लोक में देंगे तीन प्रश्न क्या थे ब्रह्म क्या है कर्म क्या है और आध्यात्म क्या है इन तीनों का उत्तर भगवान आज के श्लोक में देंगे ठीक है तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं ओम अज्ञानतिरांध्याशलाकया चक्षुरा निली ये ना तस्म श्रीगुरी नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थात ये नूतले स्वयंदा दापी सौ वंदेह श्रीगुरोपगुन वैष्णवाश्रम सहगढ रघुनाथीव साधुवेद सवधूत पर्जन सहित कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पान सहगढ़ ललिता श्री विशाकांत विशाश हे कृष्ण कुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपि कांता राधा सप्तकांना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानसुते देवी परमा वाचा कलपतरूभिधु चतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअत गाधर श्रीवासा गौरभक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे रामाय राम भद्राया रघुनाथाय सीताया द्रा रामचंद्रा नहीं रघुनाथायथा किसी व नमो विष्णुपादा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नमस्ते सारस्वते देंे गौरवाणी दे। निर्विशेष शून्यवादी पाशा चुता ओके हरे कृष्ण के प लगाते हो आवाज माता जी की ज्यादा आती है <laughs> तो अभी तो मेरी आ रही होगी ना अभी तो माता जी की नहीं आ रही होगी तो सिर्फ मंगला चरण में आ रही होगी ना माता की स्पीड ज्यादा है ना बोलने की ठीक है तो अब इसमें आ गया अक्षरम ब्रह्म परम क्या है ब्रह्म अक्षरम अभी एकदम तो क्लियर हो जाएगा क्या ब्रह्म एकदम बिल्कुल क्लियर आंसर है बिल्कुल स्पष्ट भाषा में ठीक है ओके तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले श्री भगवान परम स्वभाव आध्यात्मुच्य भूत भाव उद्भव कारो विसर्ग कर्म संगीत श्री भगवान वाचा, ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्म विसर्गः कर्म संगी भगवान वाच मतलब हाँ, श्री भगवान ने कहा क्या कहा अक्षरम ब्रह्म परम अक्षर मतलब का मतलब होता है कि ये इंगित कर रहा है जीव के लिए यहाँ पे जो ब्रह्म बोला जा रहा है वो जीव आत्मा को ही बोला जा रहा है अक्षरम ब्रह्मम परमम जो प्रकृति के परे है जो दिव्य है और जो अविनाशी है उसको ब्रह्म कहते क्या तीन चीजें जो प्रकृति से परे है दिव्य है और अविनाशी है और यहाँ पे ब्रह्म जीवात्मा को कहा जा रहा है जो इस शरीर के अंदर रहती है ठीक है तो एक आंसर पता चल गया। ब्रह्म क्या क्या है? चलेगा जीवात्मा नहीं बोल सकते जीवात्मा यहाँ पे इंगित करा जा रहा है ब्रह्म का मतलब है जो प्रकृति के परे है जो दिव्य है जो अविनाशी है लेकिन इस श्लोक में जीवात्मा बोला जा रहा है लेकिन ऐसे तो निराकार भी है मतलब कोई भी चीज जो दिव्य है प्रकृति से परे है और अविनाशी है उसको ब्रह्म बोल सकते हैं उसको ब्रह्म कैटेगरी में रख सकते हैं जो भी चीज ऐसी हो तो क्या हो सकती है भगवान है आत्मा है और जो निराकार ज्योति भगवान की वो भी है ठीक है तो इन सब चीज को ब्रह्म बोल सकते हैं ठीक है दूसरा क्या था स्वभावो आध्यात्म चो मतलब उसका स्वभाव क्या है तो जीव का स्वभाव प्रश्न ये था कि आध्यात्म क्या है ये था ना तो जीव के स्वभाव को ही आध्यात्म कहते हैं तो दूसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा आध्यात्म मतलब जीव के स्वभाव को आध्यात्म कहते हैं आध्यात्म मतलब जीव का स्वभाव स्वभाव ठीक है स्वभाव स्वभावो अध्यात्म चो फिर कह रहे हैं भूत भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संता कर्म क्या है यह था, था ना तीसरा प्रश्न कर्म क्या है कर्म क्या है जो जीव के भाव को शरीर को प्रकट करता है उसे उसको कर्म कहते हैं सीधी सिंपल भाषा में बताऊ तो हमारे शरीर की जो सृष्टि करे, करे उसको कर्म कहते हैं हमारे शरीर की जो सृष्टि करे उसको कर्म कहते हैं हमारे शरीर की सृष्टि कौन करेगा हमारे शरीर की सृष्टि कैसे हो सकती है हम दूसरा दिन कैसे ले सकते हैं अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे इच्छा? तो तो इच्छा मतलब मरते इच्छा अपने आप आ जाएगी क्या क्या इच्छा रहेगी तो जो तुमने किया है तो कर्म आ गए ना तुमने जो किया होगा वही तो इच्छा आएगी ना वही तो रहेगी होगी ना इच्छा अपने आप से भी जाएगी जो किया है तुमने देखो और सिंपल भाषा हम बताते समझ देगा नहाने धोने को कर्म नहीं कहते अब कोई नारा तो कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी नहाने से या बाथरूम जाने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी नहीं होगी ना या नरक की प्राप्ति हो जाएगी नहीं हो जाएगी लौकिक कर्म आ रहे तो यहाँ पे लौकिक कर्म की बात नहीं होती है भगवान कह रहे कर्म क्या है क्वेश्चन ये था कर्म क्या है तो कर्म का आंसर यहाँ पे है जिसके अनुसार अगला शरीर मिलता मतलब नहाने को कर्म नहीं कहते कर्म उन क्रियाओं को कहते हैं कि जिसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है और वो क्रियाएं क्या है जो की वेदों में बताई गई है यज्ञ क्रियाएं मान लो लोदों में तो बताया गया फलाना फलाना ये करो फलाना करो जो तो हम सब कर्म कर रहे हैं क्रियाएं कर रहे हैं उससे होगा क्या स्वर्ग में जाओगे फिर अगला शरीर मिलेगा फिर कर्म करोगे फिर जाओगे मरोगे फिर स्वर्ग जाओगे फिर अगला शरीर या नर्क जाओगे स्वर्ग जाओगे अगलत शरीर अगलत शरीर तो जो अगले शरीर का निर्माण करे उसको कर्म कहते हैं अब कोई भक्ति कर रहा है तो अगला शरीर नहीं मिलेगा वन पास जाएगा तो उसको कर्म कहेंगे फिर उसको कर्म नहीं कहेंगे ना क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि अगला शरीर नहीं मिल रहा ना भक्ति करेंगे तो अगला शरीर नहीं मिलेगा भगवान के पास जाएंगे तो उसको कर्म नहीं कहेंगे कर्म किसको करें जो अगला शरीर मिले जिससे जो अगले शरीर की सृष्टि कर दे जो अगले शरीर का निर्माण कर दे उसको कर्म कहेंगे मान लो कि इस जगत में कोई इंद्र की पूजा कर रहा है या कर रहा है चढ़ाओ तो स्वर्ग मिलेगा तो कर्म कर रहा है ना वो उस कर्म से होगा क्या स्वर्ग जाएगा स्वर्ग से वापिस धरती में फिर गिरेगा तो फिर शरीर मिल गया तो ऐसे ही चक्र चलता रहेगा अभी चक्र बताया जाएगा कौन सा चक्र है ऐसे ही चक्र चलता रहेगा इसी को कहते हैं कर्म यानी भगवान से विपरीत हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को भूले हुए वो कर्म काउंट हो रहा है अब उसमें कर्म मान लो चाहे सकाम कर्म मान लो कैसे मान लो कर्म है और भगवान की सेवा में जो लगा है वो कर्म नहीं है क्यों कर्म नहीं क्योंकि शरीर अगला नहीं मिलेगा तुम्हें तो शरीर तो मिला नहीं यहाँ पे बहुत शरीर तो कर्म नहीं है कर्म का मतलब क्या होता है जो कर्म करोगे वो मिलेगा लेकिन भगवान की सेवा करोगे तो कर्म कर्म करते हुए भी अकर्म है वो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो तीनों आंसर बताओ ब्रह्म ब्रह्म क्या है? तो है। आ, आ, से परे वो? ब्रह्म है पे इंगे तो रहा है है से वो यानी रहा के लिए ठीक लेकिन किसी को भी हो तो सकता है श्लोक के साथ से ठीक है और दूसरा क्या था आप जात में क्या है आत्मा का स्वभाव आत्मा का मतलब हमारे स्वभाव का मतलब स्वभाव को ही आध्यात्म कहते हैं जीव के स्वभाव को ही आध्यात्म और कर्म क्या है जो तो जो भी हम कर, जो भी हम कर्म क्रिया कर रहे हैं अगर उससे दूसरे शरीर का निर्माण हो रहा है तो वो कर्म हो गया मतलब वो सकाम कर्म ही हो गया ना क्योंकि दूसरा शरीर क्यों मिलेगा दूसरा शरीर इसीलिए मिलेगा सकाम कर्म किया होगा कुछ ना कुछ या तो मिलेगा या जाएगा यानी नर्क या स्वर्ग और भोगने के बाद कहा हो गए इस प्रति यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि मनुष्य का ही जन्म मिलेगा किसी का भी मिल सकता है लेकिन जन्म मरण चक्र जो है वो तो खत्म नहीं हुआ ना तो ये क्रियाओं के वजह से तो मिल रहा है ना तो उसको कह रहे हैं अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है यहाँ पे जो स्वभाव की बात हुई है स्वभाव और स्वरूप में अंतर है दोनों अलग अलग स्वभाव अलग होता है कौन बोला क्यू सी ओ एम बी टी डी कौन है पे पे थे हाँ, पे थे हम कहा स्वभाव स्वभाव और स्वरूप दोनों अलग अलग है अभी मैं बताऊंगा स्वरूप क्या है स्वभाव क्या है स्वरूप होता है स्वभाव को हम बदल सकते हैं दारू पीता था तंगड़ी तोड़ता था अब कितना संत बन गया है स्वभाव बदल गया ना लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदल सकता स्वरूप एक ही है नित्य क्या है सेवक भगवान के यही तो है ना स्वरूप हमारा क्या है भगवान के सेवक ठीक है तो ये अलग है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है हैं। ये कल क्या हो गया इसमें ये हट नहीं रहा यहां से फिर उसके वजह से ना जूम नहीं हो पाता जूम पे दिखता ना अब फिर फुल मोड कर रहा हूं ना ये क्या रिमोट कंट्रोल क्या ठीक है टेक्स्ट पढ़ते हैं टेक्स्ट भगवान ने कहा यानी शिव अनुवाद अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है तो अब जीव का एक्चुअली हम क्या हैं अब यहां पर बता दिया ना ब्रह्म कहलाता है मतलब जो आत्मा है उसका जो जीव है वो ब्रह्म कहलाता है बता दें जीव ब्रह्म कहलाता है यानी हम ब्रह्म है ठीक है तो ये तो क्लियर हो गया हम ब्रह्म हैं तो ब्रह्म के तो कई सारे मीनिंग होते हैं ब्रह्म निराकार भी होता है ब्रह्म साकार भी होता है बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हर जो चीज दिव्य है अविनाशी है प्रकृति से परे है उसको हम ब्रह्म की कैटेगरी में गिन सकते हैं ठीक है ब्रह्म की कैटेगरी में गिन सकते हैं और बाकी हम देख रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ क्या है अविनाशी नहीं है विनाशी है सब कुछ विनाश होता है तो इसलिए ये यहाँ ब्रह्म नहीं है दुनिया के अंदर कुछ जैसे कि निराकार ब्रह्म अफकोर्स की बात है निराकार ब्रह्म अविनाशी है और दिव्य भी है तो उसको भी हम ब्रह्म बोल सकते हैं दूसरा आत्मा अविनाशी है दिव्य है तो हम क्या बोल सकते हैं ब्रह्म बोल सकते no हैं नो डाउट भगवान दिव्य है और अविनाशी भी है तो उनको भी हम ब्रह्म बोलेंगे लेकिन क्योंकि सारे स्रोत उन्हीं से आए हैं तो इसलिए हम उनको परम ब्रह्म बोलते हैं परम ब्रह्म ठीक है तो इसलिए हम उनको परम ब्रह्म पर्रह्म लेकिन पर्टिकुलर यहां के श्लोक में जीवात्मा को बोला जा रहा है जीवात्मा को ब्रह्म बोला जाता है ठीक है अच्छा और ये नित्य स्वभाव क्या है यानी अध्यात्म नित्य स्वभाव क्या है अध्यात्म क्या है हमारा नित्य स्वभाव तो देखो एक पैराग्राफ से समझाता हूं मैं सबसे पहले लो ब्रह्म ब्रह्म लिखो सबसे पहले ब्रह्म की क्वालिटी क्या है जो दिव्य है अविनाशी है और प्रकृति से परे है ये ब्रह्म की क्वालिटी है इस क्वालिटी में आ रही है नीचे आत्मा हम भी अविनाशी हैं, दिव्य हैं, प्रकृति से परे हैं। यानी इससे ये पता चल गया हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर से अलग आत्मा हैं। अब कोई बोले अच्छा आत्मा हो दिव्य हो ये हो लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आत्मा तो भोग में पड़ी है इस जगत के कार्य कर रही है अच्छी है ना ये कर रही है ना लेकिन कभी कभी क्या है कि वो आत्मा वाली भी कार्य कर रही है कभी कभी पूजा पाठ भी कर रही है वो भी कर रही है अच्छा काम भी कर रही है आत्मा वाली कार्य कर रही है तो यहाँ पे बताते हैं कि जब वो आत्मा वाले एक्चुअली हमें करना तो आत्मा वाली कार्य है मतलब मतलब हम करने तो यही आए थे आत्मा कार्य लेकिन ये ना करके हम क्या करने लगे है? जो हैं मतलब। जो भौतिक कार्य है वो करने लगे हैं तो ये तो बॉडी का स्वभाव क्या है भोग करना और आत्मा का स्वभाव क्या है अध्यात्म उसका स्वभाव अलग है उसका स्वभाव क्या है भगवान की सेवा करना और लेकिन बॉडी का स्वभाव क्या है भोग करना तो ये है तो हमारे एक्चुअली जो रियल कर्म है वो आध्यात्मिक कर्म है जो रियल कर्म है आधार कर्म है बाकी जो फेक कर्म है वो हम बॉडी से लेवल पे करते रहते हैं वो सब बताते रहते हैं ठीक है एक बार फिर से समझतेम ठीक है जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती तो देखो पहला बता दिया दूसरा है जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित मतलब जो जीव है अब इस भौतिक शरीर से संबंधित जो कार्य है उसकी गतिविधियों को जब हम लगे रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं कर्म कहते हैं तो उसको हम करने से क्या अगला शरीर प्राप्त होगा तो इसीलिए मैंने पहले बताया था जो क्रियाएं अगले शरीर का निर्माण करते हैं उसको कर्म कहते हैं और जो क्रियाएं अगले शरीर का निर्माण नहीं कर रही है उसको हम कर्म नहीं कहेंगे वो भगवान की सेवा हो गई और सेवा के हम सीधा धाम चलाएंगे अब समझ में आ गया कि क्यों इस अध्ययन बता रहे थे कि जो भक्ति कर रहा है भगवान के धाम ही जाएगा भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना तो इसका मतलब अगला जीवन नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि कर्म कर ही नहीं देते कर्म वो है जो भौतिक भौतिक चीजों से संबंधित जो कर्म चीजें जिसका विनाश नहीं होता जो अविनाशी है दिव्य है यानी हम हम ही तो जीव आत्मा जीव कहा जाता है और ब्रह्म भी हमें कह सकते हैं आत्मा भी कहते हैं और तक शक्ति भी कहते हैं हमको तक शक्ति का मतलब होता है तट पे है हम जल में भी जा सकते हैं भूमि पर भी रह सकते हैं यानी कहो तो एक पल में आ, आ, मतलब कि पशु पक्षी की होने में चले गए देवताओं की होनी में चले गए मनुष्य की होनी में आ गए पता नहीं चलता कहो तो भगवान भगवान के पास भी चले जाए है ना आध्याप में चले जा सकते हैं तो हम क्या हैं है मतलब कोई भरोसा नहीं कहा चले जाए तो तट पे खड़े हैं पानी में भी जा सकते हैं और इधर बैठ जाओ ना गर्मी लग रही अच्छा ठीक है ओके, अच्छी बात है तो और हमारा स्वभाव क्या है आप तो अगर कोई बोले कि यहाँ पे लोग चिल्लाते रहते हैं कि धर्म क्या है हमारा धर्म, धर्म क्या है धर्म करो धर्म करो सर्व भगवान करते भगवान तो करे सर्व भ्रमान करते धर्म करो धर्म का हमारा धर्म क्या है हमारा धर्म क्या है जीव का धर्म क्या है और नहीं है और ये तो धर्म है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वगैरह वगैरह ये सब क्या क्या धर्म है और इन सबको पहले हटा दिया गया है। धर्म? धर्म धर्म। देखो देखो समझाता कुछ तो फैतलेस होते हैं। गड़े हुए जी शनि बाबा आए हैं अगर तुम तेल नहीं दोगे ना तो तुम्हारा शनि ग्रह पड़ जाएगा शनि तुम्हें घेर लेंगे चंद्र ग्रहण लग जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा का ये मत करो वो करो ये मत करो दिन में मत करो रात मत करो उल्टे लटके जाओ उल्टे मत तो, दुनिया भर की चीजें सब अंधविश्वास है ठीक है दूसरा है कुछ ज्ञान के आधार पे निराकार ज्ञान बहुत ज्ञानी हो गए भगवान वो तो निराकार पर ब्रह्म कौन है निराकार है वो तो निराकार है तो कुछ लोग ये भी बोलते तो ये सारे जो धर्म हैं धर्म है हमारा धर्म क्या है ऐसे प्रभुपा जी बताते तो धर्म है क्या तो कहते हैं जिस तरह चीनी का धर्म क्या है मिठास है नमक डाल के होता है अरे फिर तो वो नमक हो गया ना चीनी की बात हो रही है हाँ। और नमक का धर्म क्या है नमकीन और अग्नि का धर्म क्या है ताप ऐसा नहीं कि अग्नि में शीतलता रही हो, हो, हो में ताप रहे तो बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है ऐसा नहीं होता तो ये धर्म हो गया इनके इसी तरह जीव का धर्म क्या है जीव का धर्म सिर्फ एक ही है भगवान की सेवा करना और कोई धर्म नहीं इसे भगवान कहते हैं सर्वधर्म प्रति मामेकम शरण मतलब जो सारे धर्म बताए गए ना हिंदू मुस्लिम इसकाई ये धर्म सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में मतलब मेरी सेवा करो ये धर्म है तुम्हारा ठीक है तो इस धर्म में करना है ऐसी तो हमारा स्वभाव है जो हमेशा बना रहेगा वो है सेवा तो ये नित्य है नित्य स्वभाव है हमारा हमेशा तो बना रहेगा लेकिन हम समाज में समाज सेवा में लग जाते हैं हम समाज सेवा में लग गए तो जब तक जीवात्मा भगवान की सेवा में नहीं लगेगी समाज सेवा में लगेगी तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं जीरो वैल्यू है वैल्यू कितनी सेवा कर ले पानी बांट ले उसकी सेवा कर दी वो जीरो वैल्यू उसकी जीरो भगवान की सेवा नहीं करी ना जन्म मरण तो चली रहा है ना उसका तो क्या पाया उसने कुछ नहीं पाया तो इसी सबको आध्यात्मिक कहते हैं दूसरा इसमें कह रहे हैं कर्म तो कर्म बता रहे हैं कि जब ये जीव भौतिक शरीर से जुड़ा होता है तब ये कर्म करता है तो शरीर के माध्यम से मान लो जीव में अगर शरीर ना हो तो कर्म कर पाएगा नहीं तो हम भौतिक शरीर जो भौतिक शरीर है इसके माध्यम से हम कर्म करते हैं ठीक है तो भौतिक शरीर के दो भागों बांट सकते हैं एक है उपभोक्ता और एक है उपयोगता उपयोग मतलब डिबोटी और उपभोग मतलब नॉन डिवोटी उपभोग का मतलब होता है जब हम शरीर का उपभोग उप करना चाहते हैं ये कर्म करेंगे वो कर्म करेंगे यहाँ खा लें यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए सब तो हम क्या करेंगे कर्म कर रहे हैं और बनेंगे दूसरा जन्म मिलेगा और जो देवोटी होते हैं वो अपने शरीर का उपयोग करता है उपभोग नहीं करता है इसका अब मान लो कि मैं खा लू तो हमें पेट का उपभोग कर रहा हूँ ना अच्छा देख लू आंख का कर रहा हूँ उपभोग कर रहा हूँ ना इसी तरीके से जो देवोटी होता है वो उपयोग करता है आंखों का उपयोग करता है भगवान देखने मुंह का उपयोग करता है भगवान के गुणगान करने में पैरों का उपयोग करता भगवान के धाम जाने में मंदिर जाने में इस तरीके से तो एक डिवोटी है एक नॉन डिवोटी कौन है? हम इस शरीर पर खर्च कर रहे हैं ना भोग रहे हैं खूब एक्चुअली हमारे शरीर का भोगता कौन है लास्ट में सबसे लास्ट में आरीर का भुगता कौन है कौन भोगेगा हमारे शरीर को अंतिम भोक्ता कौन है हमारे शरीर का क्या उधर वो तो भोगते की बात नहीं हो रही अंतिम भोगता पेट है कृष्ण अल्टीमेट है भोक्ता राम ले सकता हूँ ठीक है पर वो भी नहीं है तो शरीर का कौन है, है। एक ही चीज है अब तुम सुनोगे तो वो हो जाओगे और अग्नि अंतिम हमारे शरीर के भुगतान कौन है और हम इस शरीर को भोग रहे हैं हमारे तो हमारे शरीर का भुगता कौन है वही दीमक देखना तो मैं गाड़ दो ना किसी को बस की हड्डियां बचेंगी बाकी सब गाय बाकी सब खा जाएंगे अंदर ही अंदर और सो अंदर कौन सा जाते हैं कीड़म का जगह नहीं जाते ये दो ही चीज के भुक्ता सबके ठीक है और बाकी इसमें देखो फिर बता देता हूं जो आगे भौतिक शरीर का निर्माण करता है उसे कर्म कहते हैं ओके ब्रह्म क्या है जो अविनाशी है, परा प्रकृति, परा प्रकृति है परा अपरा पर तो है ना इस प्रकृति के परे हैं परा प्रकृति है वो कौन है हम सब है तो हम सब ब्रह्म है और स्वभाव क्या है हमारे अब भी मुझे स्वभाव स्वभाव बता रहे हैं आप स्वभाव को ही आध्यात्म कहते हैं तो स्वभाव है क्या स्वभाव है क्या तो देखो क्या है बता रहे हैं हमारे कर्म की छाप या संस्कार जो हमारे मन में आ जाते हैं वो वापस हमें कर्मों में प्रवृत्त करते, है। तो है। करते हैं कर्म करते हैं फिर हम वापिस इसमें जाते हैं तो ये हमारा स्वभाव और कर्म क्या है तो इस जगत में यज्ञ करता है श्रद्धा से कोई श्रद्धा से कर रहा है अगर मैं इंद्र की यज्ञ करूंगा तो फाफा मुझे स्वर्ग मिलेगा मैं इसका करूंगा तो मैं मिलेगा सूर्य देव का सूर्यदेव श्रद्धा से कर रहा है तो जिसके आ, जिसके द्वारा स्वर्गिक शरीर प्राप्त होता है उसको फिर और स्वर्गिक शरीर प्राप्त होने के बाद फिर वो भोगता है फिर जब पुण्य छीन हो जाते हैं तो फिर वो बादल में आता है बादल से फिर बारिश में आता है बारिश में फिर धरती पर आता है धरती में फिर गेहूं में आता है गेहूं से पुरुष में आता है पुरुष से स्त्री में आता है स्त्री से जन्म तो ये चक्र चलता रहता चलता रहता चलता रहता है इसको बोलते हैं कर्म क्या कर्म किसको कहते हैं तो वानकर कर्म इसको कहते हैं ये चक्र बताया ना मैंने इसको कर्म कहते हैं अभी इससे बताऊंगा चक्र वो ठीक है जैसे चार्ट में बताया तो चार्ट में क्या बताया हाँ ये तो हो गया उसका अब आ भक्त ये तो हो गया जो कर्म कर रहे है उसके हैं उसके बारे में भक्त क्या है जो भक्त होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है जो भक्त है वो भगवान के पास जाएगा वो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग जाएगा स्वर्ग से फिर नीचे गिरेगा नीचे से बारिश वारिश ये सब नहीं रहता भगवान पास जाता है पर जो देवताओं की पूजा करते हैं वो नीचे ऊपर नीचे ऊपर चक्र में फंसे रहे भक्ति कर रहा है जो जो भक्ति के प्रोसेस को अच्छे से कर रहा है उसकी बात हो रही है भक्ति तीन प्रकार की है एक तो जिसमें स्टार्टिंग भक्ति करी पतन हो गया नीचे आएगा शरीर मिलेगा फिर स्टार्ट करेगा फिर जाएगा फिर शरीर मिलेगा फिर स्टार्ट पे जाएगा दो तीन जन में उसका काम हो जाएगा ठीक है धाम ओके दूसरी भक्ति है जिसमे की पतन नहीं हुआ पर सोच रहा था टेस्ट तो कर लू फर्क होता है कैसा है देखते तो लू क्या होता है देखो ना जरा रोटी दिखाना दिखाने तो क्या आएगी थोड़ी खानी भी है ना है टेस्ट भी करनी है तो उसको भगवान क्या कहते हैं स्वर्ग देखते हैं पहले खूब स्वर्ग में मतलब वो स्वर्ग में खूब भोगेगा स्वर्ग का फिर स्वर्ग से फिर जाएगा और उच्च लोक में उच्च लोक, लोक न, से लोग और जो शुद्ध भक्ति कर रहा है जो भगवान का प्रेम चाहता है हम कौन से गति हम फर्स्ट वाली तो होंगे पतन वाली तो, ठीक है लेकिन फिर भी धाम मिलेगा तो इसीलिए अध्याय में प्रूफ करके दिखाया है कि जो भक्ति करेगा वो धाम जाएगा ये नहीं बता रहे हैं कि तीनों प्रोसेस है तीन से एक तो पहले स्वर्ग देखेगा ब्रह्म भी देखेगा फिर जाएगा एक मतलब पतन हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा स्वर्ग हो फिर नीचे आ जाएगा नीचे फिर भक्ति की स्टार्ट करेगा फिर जाएगा और एक गायरक जाएगा जो बिल्कुल शुद्ध भक्ति है ठीक है भक्ति प्रभुपाद जी मान लो अपने आचार्य मान लो तुम तो शुद्ध भक्ति ठीक है वैसे समझ सकते हैं ओके तो अब हम प्रफट पढ़ते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है तीनों आंसर तो समझ में आ गए होंगे ना भगवान ने क्या आंसर दिया ओके okay, ये रहा तो मैं जो चक्र बता रहा था वो चक्र है जब कोई कर्म श्रद्धा के साथ करता है वेदों में बताए गए कर्म कर्म कहा श्रद्धा के साथ तो श्रद्धा की आहुति जब वो स्वर्ग लोक अग्नि में देता है तो उसे सोमराज मतलब सोमराज मतलब स्वर्ग में जन्म मिलता है स्वर्ग में जाता है सोमराज और जब स्वर्ग में जब सोम्राज की आहुति अपनी जब स्वर्ग से आहुति जाती है उसकी बादलों में बादल अग्नि में तो बादल अग्नि से क्या है फिर वर्षा में आता है और वर्षा की आहुति दी जाती है पृथ्वी में और पृथ्वी की आहुति दी जाती है पुरुष में तो मतलब स्त्री तो से फिर वीर, जन्म तो ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं कर्म ठीक है ये जो पीला पीला दिख रहा है चार्ट उस प्रोसेस को बोलते हैं कर्म मतलब जो कर्म को फॉलो करेगा वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जन्म मिलेगा इसको बोल रहे हैं भगवान कर्म करना और जो ये नहीं कर रहा है भगवान की सेवा कर रहा है वो इन सब चीजों में नहीं आएगा वो डायरेक्टली भगवान के धाम जाएगा उसका जन्म मरण चक्र खत्म हो जाएगा ठीक है, चोटे -चोटे हैं। है? ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता ना? ब्रह्म अविनाशी है इसका कभी ऐसा है की विधान बदल जाए आज आत्मा पतली थी कल मोटी हो गई Uh, कल सूख गई पतली हो गई एक जैसी रहती है ना किसी भी शरीर में आत्मा आत्मा रहती है तो कभी भी इसका विधान बदलता नहीं किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है मतलब हमसे परे क्या है पर ब्रह्म हमसे परे भगवान भी हैं ऐसा नहीं, कि है, नहीं हमसे परे भगवान भी है ये बता रहे हैं पर ब्रह्म भी है ब्रह्म का अर्थ है जीव और पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान समझ में आ गया बिल्कुल ईजी श्रौपाद ने ऐसा लिखा है बिल्कुल ईजी जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है देखो जो जीव का स्वरूप है तो भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है हमारा स्वरूप क्या है भगवान की सेवा करना इस जगत का स्वरूप क्या है जगत की सेवा करना तो भिन्न है भिन्न मतलब स्वरूप और स्वभाव अलग होता है ये समझना होगा ना स्वरूप अलग है स्वभाव अलग है यहाँ पे भगवान ने जो बात करी है अध्यात्म क्या है मतलब जीव का स्वरूप जीव का स्वभाव ही अध्यात्म है ये बताया भगवान ने स्वभाव के अनुसार हमें कुछ कार्य करना अच्छा लगता है और कुछ कार्य करना अच्छा नहीं लगता है और इसको हम बदल भी सकते हैं मतलब हमारा जो स्वभाव है स्वभाव से वो क्या होता है हमें कोई कुछ कार्य करना अच्छा लगता है कुछ कार्य करना अच्छा नहीं लगता है और हम अपने स्वभाव को बदल भी सकते हैं लेकिन जो स्वरूप है जीव का उसमें वह नित्य रूप से विशेष भाव से अः विशेष भाव से करना चाहता है ये फिक्स है मतलब वो क्या है स्वरूप क्या उसका नित्य है और विशेष रूप से वो क्या करना चाहता है भगवान की सेवा ही करेगा ये फिक्स है एकदम ये बदलेगा नहीं ऐसा नहीं है कि आज उसका स्वरूप सच्चितांद है कल असचित अचित निरानंद वगैरह हो गया तो ये नहीं है उसका फिक्स रहेगा स्वरूप यही है तो ये बता रहे हैं देखा अभी और समझाते देखा भौतिक बहुत, चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है एकदम ईजी है ना देखो भौतिक चेतना जब होती तो क्या करता है पदार्थ प्रभु जताना ये कूलर मेरा है ये घर मेरा है ये मेरी पत्नी है ये मेरा सब कुछ मेरा तेरा क्या है तेरा कुछ नहीं सब मेरा, मेरा मेरा, मेरा करके वो है, किस प्रकार से भोग करना अच्छा लगता है ये स्वभाव उसका किस प्रकार से भोग करना उसका स्वभाव उसका कैसा है और स्वरूप मतलब सिर्फ कृष्ण की सेवा करना स्वरूप ही उसका ठीक है जब जीव जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं पता है ना भौतिक चेतना में तो करने पड़ेंगे ना मरते समय उसने सोच लिया मुर्गा मुर्गा बन गया मरते समय सोच लिया कुछ और तो वो बन गया ना जो सोच लेगा वो बन जाएगा तो चेतना के ऊपर है, पड़ते हैं यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है तो सृष्टि कहलाता है मतलब देखो समझ में आया भोग प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वही आगे जाके शरीर का निर्माण करते हैं तो मैंने बताया ना कर्म किसे कहते हैं भोग प्राप्त करने के लिए कोई कर्म कर रहा है उसके तो, जीव का, का हो जाएगा दूसरा। तो ये कर्म हो गया ना एक तरीके से हो गया निर्माण करते हैं उन्हीं को कर्म कहते हैं नाने धोने लौकिक कार्यो को कर्म नहीं कहते हैं कर्म इनको कहते हैं जो भौतिक शरीर प्राप्त करा देते हैं कोई भी उसको कर्म कहते हैं यहाँ ठीक है वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है तो कभी वह परा प्रकृति के साथ मिल जाता है इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है तटशक्त क्यों कभी ये मिल गया कभी उधर मिल गया मतलब वो तटपे खड़ा है कहीं भी जा सकता है उसका मूड नहीं पता नहीं कि जल में चला गया जल से मन भर गया तो इधर आ गया इधर से मन भर गया फिर जल में चला गया तटस्था शक्ति है हम तटस्थता शक्ति हैं तो जहां हमारा है हम चले जाते हैं। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक होता है। भौतिक प्रकृति में वह चौरासी लाख यूनियो में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है ये अच्छा है एक ही शरीर होता है जैसे कि तो यहाँ पे हम सुअर कुत्ता बन सकते हैं पर आध्यात्म में एक ही शरीर रहता है और वो है सच्चितांद दिव्य शरीर हमारा यहाँ पे तो कोई भी शरीर चौरासी लाख शरीर है यहाँ पे एक्चुअली चौरासी लाख का मतलब क्या है चौरासी लाख मतलब चौरासी लाख कपड़े वस्त्र हैं वो ऐसा नहीं कि उसमें जीप बैठे हैं वो वस्त्र है अच्छा ये आत्मा है उसको इस वस्त्र में डाल दिया उसको इस वस्त्र में डाल दिया आत्मा वही रहती है समझ गए तो वस्त्र है हम किसी वस्त्र में डालते लेकिन आध्यात्मिक लोग में क्या है एक ही वस्त्र है क्या है होता है ऐसा नहीं और वो, वो प्रकट होता है तो कभी देवता कभी पशु कभी पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है ये बहुत बढ़िया मैं उड़ना चाहता हूँ अच्छा ठीक है पक्षी बन जाऊ जाऊ पक्षी बन के मजा नहीं आया आ, मैं ना आ, कहता है फिर मैं तैरना चाहता हूँ ठीक है मछली बन जाओ नहीं मैं मांस खाना चाहता हूँ ठीक है शेर बन जाओ या चीता जो भी खाते हैं वो बन जाओ ठीक है नहीं मैं कुछ भी खाना चाहता हूँ ऐसा तो स्वर बन जाओ सूअर बन जाओ फिर सूर ही सब कुछ खाता है कुछ बन. तो ये बता रहे हैं इसमें कि कभी पक्षी कभी पशु तो कैसे बन रहे मान लो भगवान बना रहे हैं पक्षी सूअर कौन बना रहा है सूअर हम अपने आप को ही तो बना रहे हैं ना यहाँ पे कुछ भी खा रहे हैं ना यहाँ कुछ भी खा रहे हैं तो भगवान ने देख लिया कुछ भी खा रहा है तो उसके हिसाब से सूअर बना चाहता है सूअर मान लो कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो वो क्या बनना चाहता है पेड़ बनना चाहता है तो उसे पेड़ बना देंगे तो एक्चुअली भगवान थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम निर्माण कर रहे हैं तो है, है। स्वर्ग लोग की प्राप्ति यज्ञ संपन्न करता है कि जब उसका पुण्य छीन हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है ये प्रक्रिया कर्म कहलाती है तो देखो मैंने अभी प्रक्रिया बताई ना जो अपनी श्रद्धा की आहूति देता है उसमें इसमें था अग्नि थी ना कौन सी स्वर्ग स्वर्गलोक अग्नि में तो वहां पर शरीर में फिर आउती देता बादल में खत्म हो गए पुण्य तो फिर फिर आ गए तो बादल से फिर वर्षा में आ गए वर्षा फिर मतलav, से फिर अग्नि में मतलब वर्षा से फिर पृथ्वी में पृथ्वी से अन्न में अन्न में पुरुष से ऐसा करते ठीक है कहाँ पे थे कौन से पेज नंबर था कर्म कहलाती है ना के? तो यही मंत्र बताया कर्म मतलब क्या लाते तो यही प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया बताई अभी इसी को कर्म प्रक्रिया कहते हैं वही चक्र मतलब जैसे छादे उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में का वर्णन मिलता है यज्ञ की वेदी में पांच अग्नियों को पांच प्रकार की आहुतियाँ दी जाती है पांच अग्निया बताइए स्वर्ग लोक अग्निया और बादल की अग्नि और पृथ्वी की अग्नि पुरुष अग्नि ये अग्नि जिसमें आहुति दी जाती है अगर अग्नि में तो आहुति दी जाएगी ना तो आहुति लेकिन हम आहुति देते कहा जाती है शरीर मिल गया स्वर्ग में फिर वर्षा फिर अन्न वीर तो ये, तो ये पांच प्रकार की आहुतियां यानी वो थी वो आहुतियां दी जा रही है और ये आहुतियां हैं आतुतियां तो सर, तो बारिश अन, तो ये बता रहा है यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है जब यज्ञ का पुण्य छीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्य का रूप ग्रहण करता है ये विस्तार पुण्य कर, तो भोगली है तो ना पूरे खत्म हो गए गिराया तो शरीर क्यों क्योंकि नर्क में गया तो उसने पाप भोग लिये सारे पुण्य में स्वर्ग में गया तो पुण्य भोग लिए तो उसके पुण्य भी खत्म हो गए पाप भी खत्म हो गए तो इसके साथ धाम जाना चाहिए ना क्योंकि शरीर कम मिलता है जब पाप पुण्य हो तब तो बताते नहीं जब हम इसी चीज़ में में से बर्तन निकालते हैं तो उसमें कुछ और कुछ तो तो जो में आते हैं। तो हमें जो है दुख मिलता है वो अंश रूप में पाप मिल रहे तो ये बता रहे हैं इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वीर में होता है और जो स्त्री के घर में जाकर फिर से रूप भांग भांग है ये रहता है। ये करता है, और है। कर्म क्या है यह क्वेश्चन था ना तो कर्म ये है पूरा प्रोसेस ठीक है इस प्रकार जीव शाश्वत रीत से आता है और जाता रहता है लेकिन ये कब खत्म होगा चक्र जब वो ये जान लेगा भगवान को जान लेगा भगवान चलने का चक्र खत्म हो जाएगा किंतु कृष्ण भावनाथ पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, करता है और तैयारी करते हैं भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाषिकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्मजीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के पंद्रवे अध्याय के सातवें श्लोक को उद्धत करते हैं किन्तु इस श्लोक में वन जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है किन्तु परमेश्वर अच्य कभी नीचे नहीं गिरता है अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राही नहीं है यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म यानि जीवात्मा को परब्रह्म ब्रह्म यानी परमेश्वर को पृथक माना जाता है यानी जीव अलग है और भगवान अलग है तो एक बार फिर से ये बता रहे हैं ब्रह्म मतलब जीव आध्यात्म मतलब स्वभाव कर्म मतलब वैदिक कर्म यह अब मैं इसको समझा दू जो निर्विशेष ब्रह्म की बात आई है उसको देखो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कह रहे हैं इसमें ये बता रहे हैं कि कुछ निवेश वो कहते हैं एक्चुअली जो ब्रह्म है ना ब्रह्म ही जीवन के यहाँ पे आ गया है मतलब भगवान ही जीवन के आ गए हैं क्योंकि अविद्या से ग्रसित हो गए थे जब अविद्या उनकी दूर होगी तो वापस ब्रह्म में मिल जाएंगे जैसे एक मटका होता है उसमें आकाश भरा हुआ है अब मटके मटके को फोड़ो तो आकाश आकाश में मिल गया एक तो ये चीज बता रहे हैं दूसरा यहां बता रहे हैं कि उनकी धारणा यह है कि निराकार एक ब्रह्म है जो की लेकिन उसके किसी भाग में माया ने पकड़ लिया मतलब जो अः निराकार है वो ब्रह्म है लेकिन किसी भाग को पकड़ लिया है विद्या और जब अवेदन नष्ट हो जाएगी तो जो धका हुआ ब्रह्म है ना वो ब्रह्मा के मिल जाएगा ये वो गलत फलोसियां उल्टी सीधी फलोसियां देते रहते हैं ये बता रहे हैं तो भगवान यही लास्ट में बोल रहे हैं कि ये ग्राही नहीं है ये गलत है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता हमें स्मरण ये रखना होगा कि जीवात्मा को पर परमेश्वर ने पृथक मानना है मतलब जीवात्मा है वो अलग है भगवान है वो अलग है पृथक मतलब अलग ठीक है ये बता ओके तो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा फास्ट करना पड़ा लास्ट में तो तो ओके जगद गुरु शील प्रूपाद की जय श्रीमद भगव गीता की जय जै। निताई नि गौर प्रमानंदे हरी हरी हरे कृष्ण